गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संजय शुक्ला जहां है वही रहे और प्रसन्न रहे मिश्रा ने कहा यह वही कांग्रेस है जो किसानों पर खाद के लिए लाठी चलवाती थी इस दौरान मिश्रा ने ट्रिपल टी फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने की बात कही है एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जहां है वही रहे प्रसन्न रहे मिश्रा ने बताया कि सीहोर में कृषक की मृत्यु लाइन में नहीं हुई उन्हें पर्ची पहले ही मिल चुकी थी परिजनों से बातचीत के दौरान ये मामला सामने आया है कि जब वे खाद लेने जा रहे थे तब रास्ते में ही उन्हें हार्ट अटैक आया मिश्रा ने कहा जहां तक सवाल है कांग्रेस का तो ये वही कांग्रेस है जो किसानों पर खाद के लिए लाठी चलवाती थी देखिए लाइन में मौत नहीं हुई है उनको खाद की पर्ची मिल चुकी थी खाद की पर्ची मिलने के बाद वो लेने के लिए जा रहे थे रास्ते में उनको अटैक आया है जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है ये वही कांग्रेस है जो किसानों पर खाद के लिए लाठी चलवाती थी ये वही कांग्रेस है जो किसान को कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी राहुल गांधी से झूठ बुलवाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी थे कि दस दिन में दो लाख का नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे वो आ रहे हैं राहुल गांधी या तो माफी मंगवा दे या स्पष्टीकरण दिलवा दें कुछ तो करवा दे राहुल गांधी से अपनी यात्रा के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल के पास कार्रवाई के दो पैमाने हैं दिल्ली में आरोपी मंत्री की जेल में मसाज करवा रहे हैं और पंजाब में एक ही दिन में इस्तीफा ले लिया और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अब समर्थन नहीं मिल पा रहा इसलिए यात्रा के दिन कम हो रहे हैं मिश्रा ने कहा राहुल गांधी से आग्रह है कि वे किसी ऐसी जगह ना जाए जहां फिर से आक्रोश की स्थिति बने कुछ दिन पहले कमलनाथ के जाने से खालसा कॉलेज में आक्रोश उत्पन्न हुआ था इसके साथ ही मिश्रा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार ट्रिपल टी ट्रेस टारगेट और टर्मिनेट के फॉर्मुले को और सख्ती से लागू करने के लिए अगले माह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे केजरीवाल जी ने दो पैमाने रख लिये मंत्रियों के लिए सत्येंद्र जैन जी जिन पर गंभीर आरोप है उनकी वो तीन महीने से मसाज करवा रहे हैं इस्तीफा नहीं लिया और पंजाब के मंत्री से एक ही दिन में इस्तीफा मांग लिया कि जो जो जो उनकी यात्रा है है राहुल गांधी की और मध्य प्रदेश में जो आ रही है, उसमें जो उन्होंने खालसा कॉलेज इंदौर का है तो आग्रह है मेरा उनसे कि उस स्थान पर कमलनाथ जी के जाने के बाद से विवाद उत्पन्न हुआ था संत जी जो कानपुर वाले हैं उन्होंने बोला था तो मैं आग्रही कर सकता हूं स्थान पर न जाएं जिससे पूरे आक्रोश हो। का फार्मूला दिया दिया है, उसे दिया है। उसे ट्रेस, टारगेट और टर्मिनेट आतंकवादी गतिविधियों को और संगठित अपराधों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के निर्देशानुसार इसमें भी सख्त कदम उठाने जा रही है